साथियों नमस्कार मैं ज्योतिर्विदासीष पांडे लखनऊ से आप सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हर किसी के घर में कुछ ना कुछ आभूषण रहता है पैसा रहता है इसके साथ साथ जो है एटीएम हो गया डेबिट कार्ड हो गया चेकबुक्स हो गई तो इसको आप लोग आखिर में किस डायरेक्शन में रखते हैं किस दिशा में रखते हैं वास्तु के अनुसार इसको किस दिशा में रखना चाहिए कि आपको अधिक से अधिक लाभ हो तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे घर का जब निर्माण होता है तो घर के निर्माण के साथ साथ वास्तुशास्त्र का बड़ा महत्व रहता है हर व्यक्ति पैसे आभूषण मूल मूल्यवान वस्तुएं, कागजात रखने के लिए तिजोरी अलमारी कैश बॉक्स इत्यादि का निर्माण जरूर करवाते हैं तो यदि आप भी अपना घर बनवाने जा रहे हैं या आपका घर बना हो तो अब ये वास्तुशास्त्र के कुछ नियम हम आपको बता रहे हैं जो कि आपके जीवन में समृद्धिदायक होंगे सहायक होंगे धन रखने में तो देखिए धन रखने का जो सबसे अच्छा स्थान बताया गया है कि किस तरफ आपको धन रखना चाहिए तो धन की जो दिशा होती है कुबेर की दिशा जिसको बोलते हैं ये होती है उत्तर डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन इसको बोलते हैं तो उत्तर दिशा में यदि आप लोग धन रखते हैं कैश रखते हैं आभूषण रखते हैं जिस अलमारी में रखते हैं तो दिन प्रतिदिन कहते नहीं है कि जो है आभूषण तो आपके जो है आज आपने कोई एक ज्वेलरी ली, ली उसके बाद जो है उस साल में आप दूसरी ज्वेलरी तीसरी ज्वेलरी मतलब कुल मिलाकर के उस चीज़ में आप जो है एक्सटेंड होंगे उसमें बढ़ोतरी आपकी होती हुई दिखाई दे रही है लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि यदि आपका कमरा उत्तर दिशा की ओर है तो अलमारी की जो पीठ होती है वो दक्षिण दिशा की जो है और दीवार पर हो और जब अलमारी आपकी खुले ओपन हो तो उसका मुख्य उत्तर दिशा की ओर हो अर्थात उत्तर दिशा के कमरे में दक्षिण की दीवार से अपनी अलमारी को आप सटा करके रखिए और उसका फेस उत्तर दिशा की ओर खुले तो ऐसे में हमेशा आपके रुपये पैसों में धन दौलत में और आभूषणों में हमेशा वृद्धि होती ही होती है दूसरी दिशा जो होती है इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट अर्थात ईशान कोड़ अर्थात पूर्व और उत्तर का जो कॉर्नर होता है इसको बोलते हैं तो यदि यहाँ पर आप पैसा धन और आभूषण लगते हैं तो देखिए ये भी दर्शाता है कि घर का मुखिया जो होता है बहुत बुद्धिमान होता है और ईशान कोड़ में रखे हों तो घर में ये मानिए कि आपकी कोई ना कोई एक संतान कन्या जरूर होगी और यदि पूर्व ईशान में रखे हों तो एक पुत्र संतान होगी आपकी बुद्धिमान होगी और उसके कारण आप बड़े फेमस होंगे इसके साथ साथ धन रखने की ये ईशान कोर की जो दिशा है तो आप लोग जब अलमारी अगर मान लीजिए कि आपकी अलमारी जो है किसी और दिशा में हो लेकिन आप कोशिश कीजिए कि की इस तरीके से आप उसकी पीठ कर दीजिए कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ खुले तो अच्छा रहेगा देखिए पूर्व दिशा की ओर भी रख सकते हैं यदि मान लीजिए कि किसी काररवश आप जो है उत्तर दिशा की ओर या नॉर्थ ईस्ट में नहीं रख पाए तो पूर्व ईस्ट डायरेक्शन की ओर भी आप अपनी संपत्ति और तिजोरी को रख सकते हैं बढ़िया होता है लेकिन दर्शकों कई चीज़ें जो है ध्यान देने वाली होती जैसे आग्ने कोड़ तो आग्ने कोड़ की ओर आपको धन रखने से बचना चाहिए अग्नि की दिशा होती है और यहाँ पर यदि आप धन रखते हैं तो धन आपका घटेगा आए दिन रोग आपको लगे रहेंगे आपके परिवार में किसी ना किसी को कुछ लगा रहेगा आपके ऋण लोन्स वगैरह जो रहेंगे ये आप नहीं चुका पाएंगे तो कुल मिलाकर के पैसों की आवाज़ आवाजाही से ज़्यादा खर्च बहुत ज़्यादा रहेगी इसी प्रकार से यदि आप दक्षिण दिशा की ओर रहते हैं देखिए साउथ में यदि कमरा आपका बनाए ठीक है लेकिन कोशिश कीजिएगा उस अलमारी का मुख उत्तर की ओर खुले तो ठीक है अन्यथा यदि अलमारी का मुख दक्षिण दिशा की ओर खुलता है तो आपको नुकसान होगा आपकी ज्वेलरी वगैरह चोरी होने के डर रहते हैं यहाँ पर अब चलते हैं नैरित्रिक कोड़ की ओर तो नैरित्र को की ओर यदि आप कोई सामान रखते हैं धन दौलत रखते हैं तो यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि आप लोगों का जो पैसा ये गलत ढंग से कमाया हुआ होता है और जितनी तेजी से आपके पास धन आता है उतनी तेजी से ये वापस चला जाता है फिर बात करते हैं पश्चिम दिशा की ओर कि यदि पश्चिम दिशा की ओर आप धन रखते हैं तो क्या होगा तो थोड़ा बहुत ही लाभ मिल पाएगा लेकिन बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा जो घर का मुखिया होगा जिसके नाम से घर होगा तो वो स्त्री मित्रों की मदद से या पुरुष मित्रों के सहयोग से धन बड़ी कठिनाई के साथ कमा पाता है वही वायव्य कोण की यदि हम बात करें तो यदि इस दिशा में आप धन रखते हैं तो आपका धन नहीं टिकेगा आपका पैसा कोई ना कोई ले लेगा आपको वापस नहीं देगा तो इन सब दिशाओं में आपको धन रखने की जो है तरफ बचना चाहिए अब देखिए घर की तिजोरी के पल्ले पर जो घर की मेन तिजोरी होती है तो कोशिश कीजिएगा कि लक्ष्मी जी की एक फ़ोटो ऐसी लगाइएगा कि लक्ष्मी जी बीच में बैठी हो दोनों तरफ से हाथी हो सूर उठाए हुए हों और धन की वर्षा कर रहे हों और जिस कमरे में आप तिजोरी रखते हैं उस कमरे का जो कलर रहेगा उसको आप क्रीम कलर का कर सकते हैं या ऑफ वाइट कलर का यदि आप रखते हैं तो यकीन मानिए उस तिजोरी में धन की कभी कोई दिक्कत नहीं होगी शुक्रवार वाले दिन शुक्रवार के दिन आपको करना क्या रहेगा चंदन हल्दी केसर इन सबको मिक्स करना रहेगा और इसमें थोड़ा सा कुमकुम -कुम आपको मिलाना रहेगा और अपनी अनामिका उंगली से आपको स्वास्तिक बनाना रहेगा ये क्रिया आप लोग करिए धन संबंधी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम कमेंट के माध्यम से बताइए और यदि अभी आप नए हैं इस चैनल पर तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन आप लोग दबाइए और यदि हमसे आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर यदि आप देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करिए हमको ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं दीजिए इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार